आज मैं आप लोगों को बताऊँगा तमीर शख्सियत के राहनुमा रहनमा यानी जिस तरह बच्चों की तरबियत कम उमरी में की जाती है बिल्कुल इसी तरह उनकी नफ्सियात की तामीर भी कम उमरी में ही होती है हम आपको नफसियात की तामीर के चंद बतलाएँ चंद उसूल आपके सामने देकर आएँ इन ओसूलों के ज़रिए बच्चों की शख्सियत साजी में अपना किरदार कीजिए तो तीन चीज़ें हैं बच्चा हौसला अफजादी और ख़ुद अतमादी तो नंबर एक जिस बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है उसमें ख़ुद अतमादी पैदा होती है समझ में आ रही बात दूसरी चीज़ जिस बच्चे से शफक़त का मामला किया जाता है मतलब थोड़ा सा आराम से उसके साथ मतलब बर्ताव किया जाता है तो वो बच्चा फर्माबरदार बन जाता है तीसरी चीज़ जिस बच्चे से सच्चाई का मामला किया जाता है वो इंसाफ पसंद बन जाता है चौथी चीज है जिस बच्चे को तंबी के लिए अल्लाह से डराया जाता है याद रखना वो बच्चा बाद में अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी बन जाता जिस बच्चे को तम्बी के लिए अल्लाह से डराया जाता मतलब क्या कि बदला आपने बच्चे से कहा कि ये काम ना करो मतलब अल्लाह बहुत नाराज़ होंगे या अल्लाह बहुत अल्ला बड़ी मतलब सख्त सजा देंगे इस तरीके से अगर आपने बच्चे को डराया तो वो बच्चा जो है ना बाद में बड़ा होकर मुतकी बन जाता है इस तरीके से पांचवी चीज़ है जिस बच्चे की हमेशा मार पीट की जाती है वो याद रखना बागी बन जाता बगावत करने पुत्र आता इसी तरीके से छठी चीज़ है जिस बच्चे की मांग इसरार करने और रोने के बाद पूरी कर दी जाती है वो याद रखना ज़िद्दी बन जाता इसी तरीके से सातवीं चीज़ है जिस बच्चे पर शफकत नहीं किया जाता वो मुजरिम बन जाता मतलब रहम करम का मामला नहीं उसके ऊपर किया जाता है तो वो मुजरिम बन जाता है हर वक्त उसके ऊपर डांटते रहोग दबटते रहोग तो वो मुजरम तो अपने आप को समझेगा ही फिर इसी तरीके से आठवीं चीज़ है जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखेबाज बन जाता है बात याद रखना भरोसा कर रो करो यार टाइम दो उन्हें थोड़ा सा इसी तरीके से नमी चीज़ है जिस बच्चे का हर वक्त मज़ाक उड़ाया जाता है वो एहसास कमतरी में मुबतला हो जाता है बहुत बड़ी बीमारी है एहसास कमतरी इसी तरीके से जिस बच्चे पर तनकीद की जाती है वह नाफरमान हो जाता है अब ग्यारहवीं चीज़ है जिस बच्चे पर हर वक्त डांट डपट की जाती है वो लड़ाका बन जाता है हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है इसलिए हर वक्त डांट डपट नहीं करना है ज़रूरी है डांट डपट करना वरना तो आप बना ही नहीं पाएंगे बच्चे को बच्चा वरना तो वो फिर इंसान का बच्चा नहीं होगा जानवर का बच्चा बन जाएगा तो डांट डपट भी जरूरी है लेकिन हर वक्त नहीं अच्छा बारहवीं चीज़ है जिस बच्चे मतलब जिस बच्चे को मोहम चीज़ों से डराया जाता है वह बुजदिल मीज़ मतलब क्या है आपने किसी ऐसी चीज़ से डरा दिया वो बिल्कुल किसी काम की नहीं आपने उससे बच्चे को डरा दिया अब वो बच्चा डर गया बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो वो बुजदिल हो जाता और भी चीज़ों से डरने लग जाता है तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बच्चे को ना डराया करें अब आ जाते हैं फिर चीज की तरफ जिस बच्चे पर हर वक्त गुस्सा किया जाता है वो नफ्सियाती मरीज बन जाता है और ज़्यादातर क्या होता है वो गुस्से वाला बन जाता है बात बात पर उसे गुस्सा आने लगता है इसलिए हर वक्त बच्चे पर गुस्सा ना किया करें चौथवीं चीज़ है बच्चे को मारने पीटने से उल्फत पैदा होने के बजाय नफरत पैदा होती है हर वक्त मारने पीटने से नफरत पैदा होती है मोहब्बत के बजाय इस तरीके से पाँचवीं चीज़ है बाज लोग मारपीट करने में हद से तजावज़ कर जाते हैं आगे निकल जाते हैं जिससे क्या होता है उसका जिसम जो होता है नुकसान हो जाता है बाद लोग चेहरा गाल पे मतलब जो है चेहरे पर उसके थप्पड़ मारते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है जिसम पे भाई मारना है तो पीठ पे मारो या आप चूतों पे मारें इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन संभाल के अब अच्छा और भी चीज़ है सोलह चीजें मारपीट करने से बाद तलबा पढ़ना तक छोड़ देते हैं इसलिए हम उसतादों से कहते हैं हमारे भी जो उसद थे ना वो बहुत मारते थे मारते थे लेकिन प्यार भी करते थे बड़े तमीज़ के साथ हमें पढ़ाते थे तो मारपीट करने से बात तलबा पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर मालूम क्या होता है जो बच्चे के वालदे होते हैं पेरेंट्स होते हैं वो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं क्योंकि उनके बच्चे का उनके अंदर दर्द होता है इस तरीके से सत्तरवीं चीज़ें बाद मरतबा मारपीट की वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं भाग जाते हैं अब जब वो भाग जाते हैं फिर वो बुरे लोगों की सहबत में पढ़ जाते हैं जिससे और भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती इसलिए अपने बच्चों को ऐसी मारपीट कभी भी ना दें ऐसा उनके ऊपर मतलब तशद ना करें हमने देखा बाद लोगों को जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे ना उनके मारपीट की वजह से पढ़ने मतलब जो है वो पढ़ना नहीं चाहते थे वो भाग गए अब जब वो भाग गए तो वो ऐसे लोगों में ऐसे लोगों की सोहबत उन्होंने इख्तियार कर ली वो तो खुद बिगड़े हुए थे अब वो इतने बर्बाद हो गए हैं कि अब दोबारा लाइन पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि अब वो उन चीज़ों की उन्हें लत लग गई है कभी कोई कुछ करने लगा कभी कोई गलत एक्टिविटी करने लगा तो अब उससे दोबारा उसकी ज़िंदगी नहीं आ सकती तो इसलिए मार पीट करें लेकिन लेकिन लेकिन बात समझ में आ रही लेकिन ज़्यादा नहीं मारपीट करना भी ज़रूरी बनना बच्चे वैसे भी बिगड़े चले जा रहे हैं हर वक्त हम देख रहे हैं लोगों को कि हर कोई अपने बच्चे की जिद पूरी करा जा रहा करा जा रहा करा जा रहा भाई कुछ उसे रोको भी जो बच्चा कहे वो ना करो कुछ आप भी अपनी मर्जी चलाओ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चा क्या हो जाएगा जिद्दी हो जाएगा फिर वो आपका नहीं सुनेगा आपकी बातों को नहीं सुनेगा बस वो कि अब जो है हम जो कहें बस वही पूरी चीज़ हमें मिल जाए इस तरीके से आप भी कुछ अपनी मनमानी चलाएँ अगर बच्चा कहे मिसाल के तौर पर हमें ये चीज़ खाना है तो आपने उसको दिला दी दि ठीक है फिर उसने कहा हमें खाना आपने चलो कहा यार बच्चा ही तो है हमारा दिला दी चलो फिर ठीक है अब जो तीसरी बार कहे तो उससे कहना बेटा अब जो हम कहें वो तुम्हें खाना है ठीक है इस तरीके से अपने बच्चों की परवियत मतलब तरबियत करें परवरिश करें बच्चा हमने इतनी सारी चीजें बतलाई कि क्या क्या चीजें